जिस ग्रह प्रणाली में हम रहते हैं उसमें यह बहुत ही खूबसूरती से प्रकट हुआ है पृथ्वी और सूर्य का डायमीटर या व्यास, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य के आसपास पृथ्वी के पथ को किस तरह से हिस्सों में बांटा गया है इन सभी चीजों के आधार पर आकाशीय प्रणाली और इंसान के शरीर के बीच का संबंध समझने के बाद कई चीजें बनाई और विकसित की गई थीं। तो एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा सदगुरु भारत में कई लोगों ने प्राचीन काल में इंसानी चेतना के लिए काम किया है आपके हिसाब से पश्चिमी दुनिया में किसने बड़ा योगदान दिया है मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा चार्ल्स डाविन तो उन्होंने कहा कैसे चार्ल्स डाविन तो जीव विज्ञानी है नहीं नहीं पश्चिमी दुनिया में चार्ल्स डाविन ने यह विचार रखा कि अगर कोई जीव कोशिश करता है तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है ये सीमाएं ईश्वर ने नहीं बनाई हैं यह सीमाएं हमेशा के लिए नहीं है अगर कोई कोशिश करने को तैयार है तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है यहाँ तक कि एक सुअर हाथी बन सकता है एक बकरी जिराफ बन सकती है ये कोई छोटा बदलाव नहीं है है ना मैं मैं बंदरों की बात नहीं करूंगा ठीक है तो यह संभावना कि अगर मनुष्य कोशिश करे तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है फिर यह करीब पंद्रह हजार साल पहले की बात है उन्होंने ये प्रश्न पूछा क्या हम अपने शरीर की बनावट को बदल सकते हैं क्या हम विकसित हो सकते हैं So, said, तब योगी बोले, आपका शारीरिक विकास पूरा हो गया है और उन्होंने इसके पीछे की गणित समझा दी कि ऐसा क्यों है तो जब उन्होंने पूछा क्या हमारे शरीर विकसित हो सकते हैं उन्होंने उनके शरीर के बारे में बताते हुए कहा आपके सिस्टम में ऊर्जा के 114 जंक्शन बिंदु हैं, जिन्हें योग विज्ञान में हम चक्र कहते हैं 114 चक्र होते हैं इसमें से दो शरीर के बाहर और 112 शरीर के अंदर हैं इन 112 में से चार ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते बाकी के चक्र सक्रिय होने पर वे चार भी खिल जाएंगे ऐसे 108 चक्र हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी परंपरा में अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो 108 रुद्राक्ष मंत्र का जाप भी 108 बार और किसी ऊर्जा स्थान की परिक्रमा भी 108 बार दिस इज बिकॉज देर आर हंड्रेड एंड एट थिंग्स नीड टू डू इफ यू वॉन्ट टू हैव ए कंप्लीट मैस्ट्री ओवर The human ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी सिस्टम पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए एक सौ आठ चीजें करने की जरूरत है जिस ग्रह प्रणाली में डायमी सूर्य, सूर्य के डायमीटर का एक सौ आठ गुना सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है चंद्रमा के डायमीटर का एक सौ आठ गुना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है और जिस तरह से पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के मार्ग को बांटा गया है 108 उसमें भी शामिल है उदाहरण के लिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो स्थितियां लाती है उन्हें नक्षत्र कहा जाता है ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं नक्षत्र यानी तारा नहीं नक्षत्र से हमारा मतलब है मापने की इकाई दो तो सत्ताइस नक्षत्र होते हैं और ये सत्ताईस नक्षत्र चंद्र चक्र के आधे हिस्से के भी बराबर हैं। सत्ताईस नक्षत्रों का मतलब है साढ़े तेरह चंद्र महीने और चंद्र कैलेंडर इसी तरह काम करता है एक नक्षत्र को चार पदों में बांटा जाता है यानी चंद्रमा के चक्र का आठवां हिस्सा जो तकरीबन साढ़े तीन दिन के बराबर होता है 27 नक्षत्र के चार पद यानी एक साल में 108 पद तो एक पूरे वर्ष में 108 पद होते हैं तो यह लगभग रुद्राक्ष के मनकों की संख्या की तरह है 108। अभी पृथ्वी खुद को सूर्य के चारों ओर 108 मनकों के रूप में व्यवस्थित कर रही है और उसी के हिसाब से आप माला में 108 मनकों का इस्तेमाल करते हैं ये सूर्य की परिधि के चारों ओर मौजूद मोतियों जैसा है कनेक्शन बिटवीन दिस्टम एंड इसके आधार पर आकाशीय प्रणाली और इंसानी सिस्टम के बीच के संबंध को जानकर बहुत सी चीजें विकसित की गई हैं। ये बहुत ही की बात है कि अब वर्षों में के क्या हम इंसानी दिमाग को उसकी मौजूदा सीमाओं से परे विकसित कर सकते हैं तो आज न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप इंसानी दिमाग को और विकसित नहीं कर सकते न्यूरोलॉजिकल सिद्धांतों के कारण नहीं बल्कि धरती के भौतिक नियमों के कारण इसे विकसित करने का एक ही तरीका है न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाना ये एक तरीका है या न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाना ये दूसरा तरीका है अगर आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं तो आपकी स्पष्टता कम हो जाएगी कई बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं वे प्रतिभाशाली हैं लेकिन वे समझ नहीं पाते क्यूँकी उनमें कोई स्पष्टता नहीं है जैसे जैसे वे बड़े होंगे उनका दिमाग स्वाभाविक रूप ऐसी कुछ मात्रा में कमतर हो जाएगा और फिर वे स्थिर हो जाएंगे अगर वे स्थिर नहीं होंगे तो वे हमेशा बिखरे रहेंगे दूसरा तरीका है न्यूरोन का आकार बढ़ाना अगर आप न्यूरॉन का आकार बढ़ाते हैं तो एक न्यूरॉन जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वो बहुत ज्यादा होगी यहां तक कि अभी भी अगर आप अभी आराम की स्थिति में हैं, तब भी आपकी 20 प्रतिशत ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ आपका दिमाग कर रहा है ये आपके शरीर का वो हिस्सा है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है शरीर का इतना हिस्सा अस्सी ऊर्जा लेता है इतना सा दिमाग सॉरी साइज की वजह से बुरा मत मानिए ठीक है थीके? मैं ये इतना सा दिमाग पूरी ऊर्जा का 20 प्रतिशत हिस्सा ले रहा है अगर आप न्यूरॉन का आकार बढ़ाते हैं तो यह 30 से 40 प्रतिशत लेने लगेगा मतलब आप इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएंगे तो आज न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं धरती के भौतिक नियमों की वजह से इंसानी दिमाग का और विकास नहीं हो सकता हम बस दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं पर इसे बड़ा नहीं कर सकते ऐसा आदि योगी ने पंद्रह हजार साल पहले कहा था उन्होंने कहा आपका भौतिक विकास पूरा हो चुका है क्योंकि सौर मंडल अब और विकास होने नहीं देगा जब तक सौर मंडल में कुछ बड़े बदलाव नहीं होते आपका शरीर विकसित नहीं हो सकता पर विकसित होने के और भी तरीके हैं और उन्होंने वे तरीके सिखाए कि कैसे एक इंसान अपनी सीमाओं से आगे जा सकता है और जरूरी नहीं है कि ये एक भौतिक विकास हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूंछ तो खो गई है पर अब सींग उगाने पड़ेंगे इसका मतलब ये है की विकास के और भी तरीके है और जरूरी नहीं की वे भौतिक हो